बेटा तुझे पता है जान कहाँ से निकलती है कल पापा ने मुझे पिटवाया था ना अब बताती हूँ खिड़की ऐसी खिड़की से वो कैसे कल पापा पड़ोसन से कह रहे थे जान खिड़की से निकल जाओ